हाय दोस्तों बुधवार को खेले गए आईपीएल 2022 के रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स ने कोलकाता को दो रन से हरा दिया है इस हार के साथ ही कोलकाता की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है वहीं लखनऊ ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और क्विंटन डीकॉक एक रन और के राहुल अड़सठ रन की उमदा पारियों की बदौलत लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स ने बीस ओवर में बिना विकेट गड़वाए दो रन बनाए वही कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ ऐसी दो रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक की स्कोर पर कोलकाता की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी आखिरी ओवर में जीत के लिए कोलकाता को इक्कीस रन की जरूरत थी रिंकू सिंह ने शुरुआती तीन गेंदों में 16 रन बनाकर अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया था लेकिन मार्कस स्टोनिस ने आखिरी दो गेंदों में दो विकेट लेकर अपनी टीम को दो रन से जीत दिला दी